भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो के लोकप्रिय सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी के सिंगरौली आगमन पर स्वागत वंदन और अभिनंदन निवेदक विधायक रामचरित वर्मा